अपन का दो बाप हैं गॉड और जनता दोनों ने बोला नहीं को तो अपन आ रहा तैयार रहना मुझ पर आती तो छोड़ देता लड़की पर आए इसलिए तोड़ दो टॉयलेट और बाथरूम साफ करने